हाय मेरा नामसमा है और फोर मंथ पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था मेरे uh, पैर में एंकल में मेरा फ्रैक्चर आ गया था एन मेरा फाइव एंड हाफ वीक्स मेरा प्लास्टर रहा था एन प्लास्टर उतरने के बाद मेरी कोई मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी वॉकिंग बैठने उठने सब में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी एंड किसी ने मुझे यहाँ सजेस्ट किया मैं यहाँ पे आई यहाँ पे एक्सरसाइज से मुझे बहुत रिलीव मिला अब मैं प्रॉपरली वॉक कर पा रही हूँ एंड काफ़ी हद तक मेरा पैर बहुत पहले जैसा ठीक हो गया है, आगे और रिकवर हो रहा है अभी मेरी और भी क्लासेस रहती हैं मुझे मेरी बैग मैं पहले जैसी चीजने लगे कितना टाइम लगा है आपको था था कोई, थे, कोई नहीं था, ना no. आपका no. था। yeah. और आप क्या कहना चाहेंगे मतलब कौन कौन सी हो रही है आपको कितना फायदा हुआ है पहले से अब तक अगर आपसे स्केल पर पूछा जाए तो स्टार्टिंग में आपका पेन कितना था अब आपका पेन कितना है स्टार्टिंग में पेन की कहूँ तो पेन बहुत ज्यादा था कि मैं नॉर्मली वो वॉक कर कर कर ही नहीं सकती थी थी थी लेकिन अभी अभी मेरा पेन बहुत हद तक कम है। yes. हाँ, कर हाँ. है आ, है आप रही रही हैं? यस। सच में? ठीक ये ये पूरी जर्नी बताई हमारे पास आई आई थिंक की स्टार्ट इनिशियली डेज में बहुत अच्छे तरीके से yes. yeah. हुई थी या अच्छे स्टार्ट डेज पहले मेरा बैलेंस बहुत ज्यादा खराब था कि मैं अब पापा ने किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी मुझे वॉक वॉक करने के लिए बट अब मैं खुद से कर सकती हूं। so, को कुछ चाहती लग रहा है कि अगर कि किसी को मेरे जैसी है, तो भी फ्यूचर में आना चाहिए okay